टेड बाई जीएसएम म्यूजिक अभी आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र निर्मलिया को बिना बिना दिल दिल लागन लागन जब से चैन जब से के की। तोरा बिना दिल नील कर लागन नहीं तो नदी लागन नदी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधेपुर चूड़ी बाजार अब अच्छा में सपना में तू हम सताबे छुन कभी हंसाबे छुन कभी गथु दिल के करार ले ली लागन तोरवि न दिल कर भाई की सुनियो मणिपुर चूड़ी बाजार दिल में बस धड़कन में बस दिल में बसल तू धड़ में तू तू दिल में बदला तूं सांस में बदला तूं आंसू में बदला तूं जी बज जी जो हरकतें पी तो रबई की लागने थोड़ा भी ना दिल कर बई की जब, जब से कोरकी नए नल रेल हिल के हमारा चाइना पुरे ले जब, जब से नींद लाज नोड़ा बिना दिल कर